जा मिस्टरना नहीं का लक्षण अती कि अनोखी मस मनसान एक एक तास बोलत होते को अनोलखी मनसाशी बोल को पैसे मगण पैशा नाचधूस पैसे वगैरह फाड़ण आवाज तीन तीन तास बसन पूजा करने आनीच बाव आह मी मजा हाथ है कि कोई करना तो सर्व मजा हाथ में है ये मीच देव आहो खीन पैश घर नाचूस के लिए ब बड़बड़ कर विरुद्ध के लिए कि चिड़चिड़ कर आम जी ट्रीटमेंट आम्मी घी पन ते मेडिन ने यना नहीं का आ, एक सारखे दोन वर्षापसन एक सारखे पाये चलने का चा, आजारूला आई संगित तरीका लक्षा आए नहीं तो आम्मी गुगल व सर्च के इधे सर केड़कर सर यूट्यूब वही कार्यक्रम पहाला पूर्ण आजारा विषय सर्व ती जे भाषण थी ती सर्व ऐसी मिस्टर ने इधे घेन आली आनता सर्वी लक्षण संगून उपचार के तरी मिस्टर कंटिन्यू दिन वर्षापस कंटिू पार कियत् स्वस्थ बेचैनी एक, एक दो दिवस इतना फरक जान कि स्वस्थ बसू शकता दिवसभर आराम ही करता बिल्कुल चालने प्रमाण बिलकुल एकदम बंद मैं सतत दो वर्ष चाल उठो तो संध्या जीव भरा चालना थामे साहब आनंद मैच भेट एकदम हारे न